सोहलूगाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो आप सभी का स्वागत है आपके अपने सी जी जोबाइल चैनल पर तो चलिए अपडेट की बात करते हैं उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखें क्योंकि हमारे चैनल पर सबसे लेटेस्ट सबसे फास्ट वीडियो अपलोड होता है यकीन है तो दूसरे YouTube से कंपेयर कर सकते हो और ये जो वीडियो आपको कहीं भी YouTube पे नहीं मिलेगा आप यकीन है तो सर्च भी कर सकते हो सबसे पहले फास्ट अपडेट हमारे चैनल भी आपको प्राप्त हो रहा है ठीक है और जो भी कैंडिडेट गवर्नमेंट जॉब ना लेके प्राइवेट जॉब पर लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम पे ऐड हो जाइए वहाँ पर मैं आपको प्राइवेट जॉब का डिटेल वहाँ पास डाल देता हूँ ठीक है ताकि आप डायरेक्ट आप उसमें नंबर पे कॉल करके आप इंटरव्यू दिला सकते हो ठीक है और प्राइवेट जॉब वहाँ पास मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पर मैं आपको लिंक दे दूँगा टेलीग्राम पर वहाँ जा कर हो जाइएगा और ऐसे लेटेस्ट फास्ट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी रखें क्योंकि हमारे चैनल पर सबसे छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड की जाती है और आपको ऐसा अपडेट सबसे सब पहले फास्ट अपडेट हमारे चैनल पर ही अपलोड की जाती है यकीन आए तब दूसरे यूट्यूब से कंपेयर कर सकते हो तो चलिए बाकी डिटेल की बात करते हैं इसमें आपको एग्ज़ाम कोई दिलाने की ज़रूरत नहीं है आपको परसेंट बेस पे होगा और इंटर के माध्यम से आपका होगा ठीक है और देख सकते हैं छत्तीसगढ़ के सभी ज़िले के निवासी इसमें अप्लाई कर सकते हैं और जो छत्तीसगढ़ निवासी नहीं है वो भी अप्लाई कर सकते हैं अगर छत्तीसगढ़ की जो कैंडिडेट है न मिलने की स्थिति में उनको प्राथमिकता दी जाएगी चलिए डिटेल की बात करते हैं कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनपद सहकारी संघ मर्यादित के लिए निकला हुआ है इंटर के माध्यम से किया जाएगा इंटर्न इंटर्न्स के लिए आपका निकला हुआ है इंटर के, के माध्यम से किया जाएगा देख सकते हैं यहाँ पर वन मुख्य वन संरक्षक एवं पद मुख्य महाप यहाँ पर आपका डिटेल है चलिए डिटेल की बात करते हैं देख सकते हैं आपको जिस दिन आपको इंटरव्यू रखा जाएगा उसमें फुल डॉक्यूमेंट के जो भी डॉक्यूमेंट आपको सब्जी लगाना पड़ेगा और इंटरव्यू के एक घंटे पहले आपको जो भी डिटेल है भर कर आपको उसमें जाना पड़ेगा चलिए मैं डिटेल आपको बता देता हूँ देख सकते हैं आपका इंटरव्यू डेट दिया हुआ है चौदह और पंद्रह को दो दिन रखा गया है आपको जो भी कम्फर्टेबल रखे दोनों पर जा सकते हैं अगर चौदह पर नहीं जा पाओगे तो पंद्रह पर जा सकते हो ठीक है चलिए यहाँ पर देखते समय दिया है ग्यारह बजे से लेकर के बारह बजे तक समय है इंटर लाख का ठीक है उसके बाद दोपहर बारह बजे से एक बजे तक आपका इंटर्म लैब एनालिस्ट का है दोपहर एक से दो बजे तक आपका इंटर संग्रहण का है दोपहर ढाई से चार बजे तक आपका इंटर मार्केटिंग और चार से पाँच है आपका इंटर आयुर्वेदिक ये देख सकते हैं संबंधित वन वृद्ध कार्यालय है आपका जगदलपुर कांकेर रायपुर सरगुजा ठीक है चलिए बाकी और डिटेल बात करते हैं जो भी कैंडिडेट सुकमा और नारायणपुर के निवासी होंगे वो इंटरव्यू दिनांक के पहले नौ ग्यारह दो को इंटरव्यू हेतु संबंधित जिला यूनियन कार्यालय में उपस्थित होंगे यहाँ पर देख सकते हैं उसके पश्चात आपको इंटर निर्धारित तिथि पर आपको संबंधित वित्त कार्यालय में उपस्थित होकर मुख्य इंटरव्यू में भाग लेंगे ठीक है ये उन्हीं लोगों के लिए सुखमा नारायणपुर कैंडिडेट ले ठीक है अधिक जानकारी के लिए नंबर है यहाँ पर आप कॉल करके डिटेल ले सकते हैं ये नारायण सुखमा नारायणपुर के अंतर्गत निवास करने वाले कैंडिडेट ठीक है चलिए बाकी डिटेल की बात करते हैं देख सकते हैं लघु वन संग्रहण लाख प्रसंस्करण आयुर्वेदिक मार्केटिंग लैब एनालिस्ट के लिए आपका इंटरन के लिए इंटरव्यू रखा गया है चलिए बाकी डिटेल्स बात करते हैं यहाँ पर देख सकते हैं इंटरव्यू डेट 14 पंद्रह मैंने ऊपर आपको बता दिया है और आप टाइमिंग है आपका ग्यारह बजे स्थल है संबंधित जिला जिला यूनियन के वन वृत्त कार्यालय मैं आपको कहाँ जाना है उसको डिटेल भी बता दूँगा ठीक है चलिए डिटेल यहाँ पर देखते हैं चलिए इंटर्म के लिए पहले यहाँ पर देखिए इंटर्म का प्रकार है संग्रहण के लिए सैलरी रहेगा दस प्लस इंसेंटिव रहेगा कुल टोटल दो पोस्ट है जिला जिला यूनियन का नाम जहाँ रिक्त स्थान रिक्त पद उपलब्ध हैं देख सकते हैं मनंदगढ़ और सुकमा में सेकेंड है इंटरन लाख के लिए दस हज़ार सैलरी रहेगा इंसेंटिव और एक पोस्ट है मनैनगढ़ में थर्ड बात करते हैं इंटरन आयुर्वेदिक के लिए पंद्रह हज़ार सैलरी प्लस इंसेंटिव दो पोस्ट है नारायणपुर और गरियाबंद में इंटरन मार्केटिंग के लिए पंद्रह प्लस इंसेंटिव पाँच वैकेंसी है और आपका दक्षिण कोंडागाँव कांकेर राजनांदगांव जगदलपुर सरगुजा उसके बाद आपका इंटर्न लैब एनालिस्ट सामान्य के लिए पंद्रह हज़ार है प्लस इंसेंटिव भी है दो पोस्ट है कांकेर बाजार रायपुर ये है ठीक है ये डिटेल है अगेन वही है आपका साइट देख सकते हैं जो भी कैंडिडेट सुकमा नारायणपुर की डिटेल एक बार रीड कर लीजिएगा साइट है डब्ल्यू पर देखी जा सकती है ठीक है जो भी डिटेल आएगा इसी पर आएगा चलिए बाकी देखते हैं डिटेल जैसे वही डिटेल मैंने ऊपर ने आपको रिपीट कर चुका है ठीक है यही है ग्यारह तारीख को दिया हुआ है एक बार खुद एक बार रीट कर लीजिएगा मैंने ऐसे आपको बताया दिया है अब यहाँ पर देख सकते हैं सबका अलग है इंटर्नशिप हेतु पद जहाँ पर रिक्त है उसके हिसाब से देख सकते हैं कांकेर में आपका वृत्त का नाम यहाँ पर यहाँ पर देख सकते हैं कांकेर रायपुर किले योग गरियाबंद बलौदाबाजार ये अलग अलग है ठीक है टोटल बारह है देख सकते हैं सरगुजा जगदलपुर टोटल पंद्रह ठीक है यहाँ पर बारह है यहाँ पर बारह लिखा हुआ है पर रेड कर लीजिएगा ठीक है चलिए बाकी डिटेल की बात करते हैं देख सकते क्वालिफ़िकेशन रखा गया है चलिए बाकी सबकी क्वालिफिकेशन बात करते हैं क्वालिफिकेशन है आपका इंटर्म संग्रहण के लिए बीएससी एस जैसे कृषि उद्यानिकी फॉरेस्ट्री बायोलॉजी में आपका ग्रेजुएशन होना है पचपन के साथ ठीक है इंटर्म लाख में आपका बी देख सकते हैं कृषि उद्यानिकी फॉरेस्ट्री बायोलॉजी स्नातक आपको न्यूनतम 55 प्रतिशत आपको उत्तीर्ण होना है प्रोसेस करने के लिए बी बी टेक जिसमें फूड टेक्नोलॉजी मैकेनिकल कृषि इंजीनियरिंग स्नातक न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों के साथ आपको उत्तीर्ण होना है इंटर्न आयुर्वेदिक में आपको बी एम एस सी स्नातक पचपन प्रतिशत के साथ आपको उत्तीर्ण है इंटर्न मार्केटिंग के लिए आपको बी जिसमें कृषि उद्यानिकी फॉरेस्ट्री बायोलॉजी जिसमें आपको ग्रेजुएट या आपको बी बी जिसमें आपका मैकेनिकल इंडस्ट्रियल इंजीनियर के साथ आपका एमबीए बी न्यूनतम पचपन प्रतिशत अंकों के साथ आपको उत्तीर्ण होना है लैब के लिए देख सकते हैं एमएससी जिसमें बायोटेक बीटेक बायोटेक न्यूनतम पचपन प्रतिशत अंकों के साथ आपको उत्तीर्ण होना है ठीक है उसके बाद कार्यदायित्व अब जो को लगने आपको क्या करना है ये आपको दिया हुआ है कार्य दायित्व पर पढ़ लीजिएगा इंटर्न संग्रहण लाख के लिए ठीक है डिटेल है खुद डिलीट कर लीजिएगा उसके बाद आपका देख सकते हैं विज्ञापन जारी करने का दिमाग दिन जारी करने का दिमा दिनांक है यह दिया है अट्ठाईस ग्यारह इंटर रखा गया है आपको 14 से 15 11 बजे से इंटर परिणाम घोषणा कर दिया जाएगा 16 11 को चैनित इंटर से उपस्थिति अंतिम दिनांक है आपको 12 2 12 एक बार रीड कर लीजिएगा ये इंपॉर्टेंट है ठीक है ठीके? आई सीमा देख सकते हैं 30 साल रखा गया, गया है 1 सात दो की स्थिति में अगर कैटेगरी में आएगा तो बिल्कुल आपको छूट मिलेगा निवासी आपको देख सकते हैं छत्तीसगढ़ निवासी आपको प्राथमिकता दी जाएगी और आपको छत्तीसगढ़ के सभी जिलों के निवासी इसमें अप्लाई कर सकते हैं ठीक है थीके? यहाँ पर लिया हुआ है मूल निवासी छत्तीसगढ़ के मूल निवासी को आवेदक को प्राथमिकता दी जाएगी उपयुक्त अभ्यर्थी उत्तर जिले से प्राप्त ना होने की स्थिति में अन्य जिले के अभ्यर्थ का चयन किया जाएगा ठीक है डिटेल दे है देख सकते हैं यह है पूरा डिटेल अच्छे से रेड कर लीजिएगा या नीचे मेरिट हिसाब से आपका बनेगा देख सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है चयन प्रक्रिया के तहत आपका अंग विभाजन कर दिया गया है जो भी क्वालिफिकेशन आपका मंगा है उसका एटी प्रतिशत रहेगा और आपका इंटरव्यू का पंद्रह अंक टोटल सौ अंक का बनेगा इसके हिसाब से आपका लिस्ट जारी किया जाएगा आपका साइट है देख सकते हैं यहाँ पर मूल दस्तावेज जितना भी डॉक्यूमेंट मंगा है आपको वो सभी आपको वहाँ पर ले जाना पड़ेगा ओरिजिनल प्लस फोटो कॉपी सेल्फ अटैच करके ठीक है यहाँ पर देख सकते हैं सबका लिस्ट दिया हुआ है हाई स्कूल प्रमाण पत्र की मूल प्रति और छाया प्रति हाई सेकेंडरी एवं अर्शक सेचड़ी योग्यता ये है मूल निवासी फोटो युक्त पहचान तो आधार कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस अन्य ब्लैक है वो सभी को आपको फोटो कॉपी करके लिख देना पड़ेगा ठीक है अन्य निर्देश दिया गया है एक बार रीड कर लीजिएगा इंटर्नशिप की अवधि एक वर्ष के लिए होगी ठीक है एक वर्ष अस्थायी रहेगा एक वर्ष के लिए रहेगा, रहेगा आगे बढ़ सकता है ये ठीक है उसके बाद आएगा आपका फॉर्म इसको रीड कर लीजिएगा उसके बाद आपका फॉर्म ये आप साइट से भी इसको निकाल सकते हैं ठीक है उसके पहले आपको कहाँ जाना है इंटरली कहाँ जाना है ये एड्रेस है इंटर्न साक्षातर हेतु विद कार्यालय का नाम अगर आप बिलासपुर में जाना चाहते हैं तो यहाँ पर से देख सकते हैं कार्यालय मुख्य वन संरक्षक पदेन मुख्य महाप्रबंधक संत कंवर राम गेट संजीवनी हॉस्पिटल के पास नेहरू चौक बिलासपुर जिला बिलासपुर मोबाइल नंबर भी है सरगुजा में यहाँ पर है एड्रेस मोबाइल नंबर भी है जगदलपुर में आपका यह एड्रेस यहाँ पर से इंटरव्यू जाना पड़ेगा मोबाइल नंबर है कांकेर में आपका यह एड्रेस मोबाइल नंबर यहाँ पर दिया हुआ है यहाँ आपको इंटरव्यू के जाना पड़ेगा रायपुर में देख सकते हैं देख सकते हैं एड्रेस है ये मोबाइल नंबर है अधिक इन्फॉर्म जानकारी के लिए आपको यहाँ कांटेक्ट कर सकते हो दूर जिला है यहाँ पर ये यह एड्रेस है यहाँ पर जाना पड़ेगा और यहाँ पर देख सकते हैं वन वेज से संबंधित जिला यूनियन का नाम दिया हुआ है सबका अलग अलग है जगदलपुर कांकेर रायपुर दूर बिलासपुर सरगुजा का ये अलग अलग है देख सकते हैं चलिए इसके बाद आपका ये फॉर्म ये फॉर्म साइट से भी निकाल सकते हैं अदरवाइज़ आप टेलीग्राम पर एड हो जाइए मैं आपको वहाँ पर इसको प्रोवाइड कर दूँगा ठीक है इसको आपको फिल करके इंटर डेट के पहले एक घंटा पहले आपको पहुंचना है ठीक है तो ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के हमारे चैनल पर बने रहे और जिन भी कैंडिडेट को इसकी ज़रूरत है उन तक ये वीडियो को जरूर पहुंचाएं ठीक है थीके? तो ऐसा लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पर ही आपको अपलोड मिलती है यकीन है दूसरे यूट्यूब से आप कंपेयर कर सकते हैं आप चेक कर लीजिए ये अपडेट आपको कहीं भी नहीं मिलेगा ठीक है तो चलिए आज के इतना ही थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टेक केयर